प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धार में आयोजित चुनावी जनसभा में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की नगरपालिका रहते हुए सुख समृद्धि नहीं आ सकती चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसते हुए भी कहा कि कमलनाथ जी आप तो जनता से माफी मांगने का अभियान शुरू करो धार में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा की कांग्रेस की नगर का रहते हुए सुख समृद्धि नहीं आ सकती पिछली बार कांग्रेस की नगर बनी ये सड़क जिस पर मैं आया मुझे जानकारी मिली की खराब है हमने डेढ़ करोड़ रुपए भेजे थे लेकिन आज तक यह पूरी नहीं हुई आजकल कमलनाथ जी रोज ट्वीट करते हैं आपकी बार आया तो बेरोजगारी भत्ता दूंगा कर्ज माफ कर दूंगा छात्रवृत्ति दूंगा कमलनाथ जी आप तो जनता से माफी मांगने का अभियान शुरू करो तो सवा साल आए थे कमलनाथ सवा साल में कुछ किया कभी कहते हैं बच्चों को सीधे नौकरी दे दूंगा कभी कहते हैं पूरा किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा अब मैं ये पूछना चाहता हूं कमलनाथ आप ये तो बता दो सवा साल में आपने क्यों नहीं किया सवा साल सरकार चलाते आजकल कांग्रेस कह रही हाथ जोड़ो कार्यक्रम कमलनाथ जी हाथ जोड़ो नहीं माफी मांगो कार्यक्रम चलाओ माफी मांगो चौहान ने कहा कमलनाथ जी माफी मांगो क्योंकि आपने गरीब बेटियों को शादी में इक्यावन हजार रूपए देने का वादा किया था और मुकर गए माफी मांगो क्योंकि आपने बच्चों से लैपटॉप और स्मार्टफोन छीन लिए कांग्रेस ने तो देश को बर्बाद कर दिया ये केवल झूठ बोलते हैं कांग्रेस आई तो सारे काम ठप हो जाते हैं इसलिए आपसे प्रार्थना करने आया हूँ की कांग्रेस के झांसे में मत आना चौहान ने कहा चुनाव तो एक बहाना था मामा को आपसे मिलने आना था भाजपा की सरकार समाज के हर वर्ग की सरकार है लेकिन हम गरीबों के लिए सबसे पहले काम करते हैं मैं आज वचन देता हूं यहां जिनके भी वर्षो पुराने कब्जे हैं उनको मैं पट्टा दिलवाऊंगा तो तो जब तुम सरकार में थे तब तुमने एक नहीं कई पाप थे सबसे तो पहली बात मेरे भाजे भाग्यों का लैपटॉप छिपिया का बार भी में जो अच्छे नंबर लाते थे मैं उन बेटा बेटियों को लैपटॉप देता था कमलनाथ तो जी मेरे भांजे भांजियों ने क्या बिगाड़ा था लैपटॉप की योजना बंद मेधावी विद्यार्थी योजना हमने चलाई मेधावी विद्यार्थी योजना में हम पढ़ने में तेज विद्यार्थी उनकी फीस भरवाया करते थे उनकी फीस भरवाना बंद कर दी माफी मांगो कांग्रेसियों सभा में सीएम शिवराज ने कहा मैं माफी चाहता हूं मुझे यहां तीन बजे आना था मेरी गलती नहीं है हेलीकॉप्टर ही उड़ने के बाद डगमगाने लगा मैंने भी तय किया है कि हम धार तो जाएंगे ही मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं सीएम ने कहा अभी इंदौर में जी में पंद्रह लाख करोड़ रूपए ऐसी ज्यादा का निवेश करने का वचन उद्योगपति देकर गए हैं इससे उनतीस लाख लोगो को रोजगार मिलेगा सरकारी भर्ती चालू है